ए ए बिजू मुति वाले ए बिजू लेगड़ा ज्यादा बोल तो कोई नहीं पूछता है कोई नहीं है बे सारे लोग धर्मूरी किला रही है हमको are there Dead cover me Marked location loading team is in the lead Great. Go above the mid. The blue team is about to win. Reloading. Victory. For the.